शिरक़ के बाद सबसे बड़ा गुना वदेन की नाफरमानी है किसी काम में हमातन तन मसरूफ़ होना ही कामयाबी है अल्लाह ताला से इतनी उम्मीद रखो कि तुम्हें उससे ज़्यादा किसी और से उम्मीद ना रहे कम खाना तमाम बीमारियों का इलाज है और पेट भरकर खाना तमाम बीमारियों की जड़ है अकलमंद सोच कर बोलता है और बेवकूफ़ बोल कर सोचता है उस खुशी से दूर रहो जो कल को गम का कांटा बनकर दुख दे अगर तुमने हर हाल में खुश रहने का फ़न सीख लिया तो यकीन तुमने दुनिया का हर फ़न सीख लिया न सिहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी ग़ौर से नहीं सुनते खुशामद वो बदतरीन धोखा है इसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो उसे आज़ाद छोड़ दो अगर वो वापस ना आए तो समझ लो कि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं और अगर आ जाए तो उसकी कदर करो ज़्यादा कस्बे खाने वाला शख्स ज़्यादा झूठ बोलता है वालदेन की तरफ मुहब्बत की नगाह से देखना इबादत है अकलमंद आदमी वो है जो अपनी उम्र को गैर ज़रूरी कामों में इस्तेमाल ना करें तीन चीज़ें कभी ज़ाहिर मत करना पड़ना हमेशा नाकाम रहोगे नंबर एक अपना राज नंबर दो अपनी खामियां और कमजोरियां नंबर तीन अपनी कमाई